मेरी किस्मतों को मिले हाथ तेरा फिर से लकीरें दिखने लगी देखा तुम्हें तो ऐसा लगा है जैसे ये आंखें दिखने लगी रोम्रे भई तुम्हरी तेरा जब मैं बादल बन जाऊं, तुम भी बारिश बन जाना जो कम पर जाए सा तुम मेरा दिल बन जाना रिमझिम सावन की बूँदे तू हर मौसम बरसाना जो कम पर जाए सा तुम मेरा दिल बन जाना मेरे लबों से आए कभी भी हो न पहले तेरा मेरी जुबान पे चाहे ज़माना मुँह मोड़ ले पर हर पल तू रहना मेरा बस ये दुआ है बना लूँगा मैं अब तुझे ही खुदा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 बारिश बड़ा याद करती है आज भी मुझसे तेरी बात करती है तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है आज भी मुझसे तेरी बात करती है तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है